हैदा हाइदा विलात तेरी कुरान तेरी फरिश थे इंसान हर दिल पे हुकूमत खजाना तेरावत तेरी तुह तो ही बहे सखावत तुम्हें तो शौके विलायत शरिया सितारे करे तेरी सुल्तान आलम अली अली अली इलाही, महबूब खातम अली शाह विलायत अली जान रिसत अली महरे इमामत, अली बहरे सखावत अली मोसो अली तस्किन अली तस्कीन कालीबरा अली कावा, अली अली किबला, मस्जिद अली मिम्बर, अली रह अली हादी, अली काफी अली कौसर अली ईसा अली हाकम अली आज अली अली अली अली जन अली तू मशुका इमाम अमीने वही बैगम कर इमाम अली माओ सुबह नल असुर अली वाली अली आली अली मोला अल्लाह हो अकबरवार हो अकबर हो अकबर अल्लाह हो अकबर आकबर अकबर का जम फे की गलियों में कोहराम है फे की गलियों में कोहराम है सदारु खाकुड़ाओ कत् हैदर हो गली सदारु खाकुरा हैदर हो गए सदारो खा घोड़ा कत्ल हैदर हो गए आज हो गए रो रहे हैं ये मेहरा बुब कह रहे हैं ये जिबरी घर के बिछाओ कत्ल से धर हो आहदाम मादे बर के लिए आह दाम मादे पायम के लिए आहदाम मादे पायम बर के लिए जहर में डूबी हुई तलवार है मो की बुका उफे की गलियों में मातम है यतीमो की बुकार है यतीमो की बुका कौन सा हारा है बताओ कत्ल है गर् थी ये सहर एक गम की पहर थी तूने ढाया आज सेना हो गई हो गई आज सेना गतिबाद था का मका सुबह को जुड़ी हुई सरकार है है रोजा सैयदों के घर है मातम सैयद दारिका पुरसत दिन घर घर जाओ कत्ल है दरवा है मोबाइल